बीज वितरण के नाम पर किसानों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है कृषि विभाग ने जिन किसानों को बीज बांटने की बात कही है उसमें से कुछ की मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी है प्रशासन अब जांच की बात कहकर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहा है डिंडौरी जिले के मेहदवानी विकासखंड क्षेत्र में बीज वितरण के नाम पर किसानों के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया है कृषि विभाग के द्वारा जिन किसानों को बीज वितरण करना बताया जा रहा है उसमें से कई किसान ऐसे हैं जिनकी मौत सालों पहले हो चुकी है साथ ही कई ऐसे किसान भी हैं जिन्हें बीज मिला भी नहीं है लेकिन उनके नाम बीज वितरण वाले किसानों की सूची में दर्ज है इतना ही नहीं बीज वितरण में घोटाले करने के लिए कृषि विभाग के अफसरों ने कई किसानों की जाति गाँव व खसरा नंबर तक को बदल दिया है दो में मेरी माँ की मृत्यु हुई थी और पता लग रहा है की मेरे माँ के नाम में बीज वितरण हुई है तो मेरे को लगता है फर्जी पर हुई होगी हमने तो किसी प्रकार का बीज लिया नहीं है अभी तो चना का बता रहा है मां के नाम में कितना 75 किलो ऐसा कुछ है ऐसे चना के बीज लेंगे यहाँ मसूर के बीज लेंगे या हमारे पति एक साल हो गए खत्म भाई आपके पति के नाम में जो लिस्ट में चढ़ा है की अभी साल उनको बीज मिला मसूर कछु नी ला चना ना, ना। तो के नाम में चढ़ गया थी? अब, अब गी नहीं।, नहीं।, तो नहीं।, नहीं।, नहीं मैंने बीज लेने गए नहीं मेरे को अभी अभी तो चार दिन से पता चला है की मेरे नाम से पचहत्तर किलो चने का बीज मेरे नाम पर चढ़ा दिया गया है और पैसा खा लिया गया है और खसरा नंबर जो डाला गया है वो 420 है मेरा खसरा नंबर है ही नहीं है वो मेरा खसरा नंबर है 273 सौ 707 एक जो जानकारी मिली है मेरे को की कृषि विभाग द्वारा जो सूची बनाई गई है उसका में उसमें मेरा नाम ग्राम कोटरई में दर्शाया गया है और मेरी जाति कतिया जाति है मैं हरिजन वर्ग में आता हूं और मेरे को आदिवासी के नाम से बीज वितरण की सूची बनाई गई है नहीं मिला है बीज मेरे को दरअसल बीज वितरण में हुई धांधली को लेकर किसानों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से शिकायत की थी साथ ही सूचना के अधिकार के तहत कृषि विभाग ऐसी जानकारी मांगी थी किसानों की शिकायत आरोपोरी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अश्विन झारिया को सस्पेंड कर दिया था फिर भी अब तक कुछ नहीं हुआ है और एक और शिकायत मुझे मिली है जो हमारे कृषि डीडीए इस मामले में बीते दिनों जब सूचना के अधिकार के तहत बीज वितरण वाले किसानों की सूची मिली तब उसमें हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ तब मेहदवानी इलाके के किसानों ने बीज वितरण में फर्जीवाड़े को लेकर कलेक्टर ऐसी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गयी वही कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अविलाशा चौरासिया ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है जी संध्या में आया था रविवार को एक प्रोग्राम हुआ था मेहदवानी में जिसमें रामगोपाल साहू जी हैं जो हमारे किसान व्यक्ति थे पहले उनके माध्यम से शिकायत की गई है कि मतलब बीज वितरण का जो कार्य हुआ है विकासकरण मेहदवानी में तो उसमें उनके द्वारा कुछ लड़की जो है जो मृत पाए गए हैं या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे है जिनको बीज नहीं मिला इस तरह की शिकायत प्राप्त हुई है उनकी लिस्ट भी दी हुई है उन्होंने तो इसके लिए एसडीओ एग्रीकल्चर जो है अनुभागीय कृषि उनके माध्यम से जांच के लिए लिखा गया है तो दो दिन में हमारी जांच कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें फिर सब चीजें सामने आ जाएंगी कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है और अगर इस तरह का कुछ है तो फिर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज देख रहे हैं दखल न्यूज